सुबह में तो नाचा हूँ, मैं नाचा हूँ, मैं नाचा हूँ, मैं नाचा हूँ, नाचा हूँ, नाचा हूँ, सुबह में तो नाचा हूँ, मैं नाचा हूँ, मैं नाचा हूँ, मैं नाचा हूँ, नाचा हूँ, नाचा हूँ, सुबह